ते हो जिस नाव में सवार होते हो यदि उसी पे भरोसा नहीं है तो पार कैसे निकलोगे और यदि स्वयं को इतने बड़े तैराक और खिलाड़ी समझते हो तो फिर किसी नाव का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है फिर तो लगाओ छलांग और पार कर जाओ अपने आप और यदि नाव में बैठ गए हो और भरोसा भी नहीं है तो फिर तो किसी काम के नहीं है आप एग्रीड चलिए